हेलो दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक और अर्निंग ऐप लेके आया हूं दोस्तों इस एप्लीकेशन से आप वीडियो देख सकते हैं और गेम खेलकर पैसे कमा सकते हैं जैसे कि दोस्तों ये मेरे पास छः हजार पाँच सौ कोई नहीं मैंने इस पर क्लिक किया फिर ये विड्रो पर है यहाँ पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन का इस एप्लीकेशन का मिनिमम विड्रो दस रुपये है यहाँ से आप इस एप्लीकेशन से आप सौ रुपए से लेकर हजार रुपए तक कमा सकते हैं अगर आप इससे ज्यादा भी कमाना चाहते हैं तो आप कमा सकते हैं तो ये देखिए दोस्तों ये पेटीएम का दिया हुआ है आप इस पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद जैसे आप दस रुपए हैं, आप दस रुपए का विड्रो लगा सकते इस हैं इस एप्लीकेशन का मिनिमम विड्रो दस रुपए है फिर उससे ज्यादा भी आप लगा सकते हो पाँच सौ जितना जितना आपके पास पैसे हो आप उतने का विड्रो लगा सकते होके दोस्तों और दोस्तों ये देखिए पेटीएम का गिवे चल रहा है आप जैसे इस पर क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन को तीन से चार दिन चलाते हो तो आपको दो तो, तो आपको बीस हज़ार कोइन मिलेंगे बीस हजार कोइन में आपको सौ रुपये भी मिल सकते हैं पाँच सौ रुपये भी मिल सकते हैं ओके दोस्तों यहाँ से आपको कितने भी मिल सक यहाँ इस एप से आपको कितने रुपये भी मिल सकते हैं अभी मेरे को इस एप्लीकेशन में अभी इस अभी मेरे को इस अपन में दो दिन में कल तीसरा दिन हो जाएगा फिर मेरे को पेमेंट मिल जाएगा पेमेंट मिलते में आपको पेमेंट मिलते में आपका इसका प्रूफ टेलीग्राम पर दे दूंगा अगर दोस्तों आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने टिक्सिप बॉक्स में लिंक दे दिया है वहाँ से जाकर ज्वाइन करें वहाँ न्यू न्यू एप्लीकेशन के बारे में बताते रहता हूँ अब तो हर रोज 50 से 500 रुपए कैसे कमाए उन पैसे को विड्रॉ कैसे करें अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने टिक्सिंक दिया है नहीं तो ऊपर वीडियो के आईकन में आ रहा है वहाँ से जाके देख लेते होके दोस्तों ओके दोस्तों अब दोस्तों में आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करें और इस एप्लीकेशन से पैसे कैसे कमाए और इस एप्लीकेशन से विड्रो कैसे करेंगे आप ये वीडियो पूरी देखे अगर पूरी नहीं देखोगे तो आपको इस एप के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा फिर आप मुझे कमेंट करके कहोगे भाई प्लीज मुझे बताओ इस एप्लीकेशन में पैसे विड्रो कैसे करें और इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करें स्कीप करके ना देखे आप वीडियो पूरा देखे सिर्फ दो वीडियो पांच से छह मिनट का उससे ज्यादा नहीं है ओके दोस्तों हेलो दोस्तों मेरा नाम पवन है आप देख रहे हैं पी फाइन यूट्यूब चैनल आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए न्यू अर्निंग ऐप लेके आया हूँ चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता है अगर दोस्तों आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो मैंने डिस्क्रिप्ट बॉक्स में लिंक दे दिया है वहां से जाकर डाउनलोड करें जैसे आप डाउनलोड कर डाउनलोड करें डाउनलोड करने के बाद ओपन करें ओपन करने के बाद दोस्तों ओपन करने के बाद दोस्तों ओपन करने के बाद दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर डालें मोबाइल नंबर डालने के बाद एक ओ आएगा ओ डालें पी डालने के बाद आपसे रेफर कोड मांगा जाएगा रेफर कोड सी बॉक्स में दिया हुआ है नहीं तो वीडियो के आइकन वारे है वहां से जाके देख लीजिए ओके दोस्तों फिर जैसे आप मेरे जैसे आप मेरे जब लिंक से यह एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो और फुल रजिस्टर्ड होते हो तो आपको छः कॉइन मिल जाएंगे इसकी इसकी वैल्यू है सात अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस एप्लीकेशन में कैसे इस से इस एप्लीकेशन एप्लीकेशन से से कॉइन कॉइन आप कैसे और कैसे और उन को करें दोस्तों यहां यहां देखिए कुछ यह वीडियो दिया हुआ है लोग लाइव आ रहे हैं आप इन पर क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद इनके लाइव देखोगे तो आपको कॉइन मिलेंगे जितने मिनट आप इनके लाइव देखोगे आपको यहाँ पर बता दिए जाएंगे आपके अकाउंट पे एक पर किसी पर क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद इन्हें फॉलो करोगे और इनके लाइव जितनी देर चलाओगे उतने आपके वॉलेट में ऐड हो जाएंगे ओके दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे हैं आप किसी का भी लाइव देख सकते हो ओके दोस्तों यहाँ से आप गेम खेलकर कोइन कमा सकते हो जैसे की दोस्तों एक गेम है यहाँ पर क्लिक करोगे क्लिक करने के यहाँ पर क्लिक करोगे आप क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कोई लाइव आएगा लाइव वो गेम खिलाएगा अगर आप उस गेम को खेलते हो सही तरीके से तो आपको कोइन मिलेंगे आप जितनी देर वो गेम खेलोगे आपको उतने कोइन मिलेंगे ओके दोस्तों और दोस्तों एक और तरीका अगर आप लाइव आके आप खुद किसी और को गेम खिलाते हो जैसे कि दोस्तों आप जैसे कि दोस्तों ये गुड लाइव है यहाँ पर क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद यहाँ दो ऑप्शन है यहाँ फर्स्ट वाले पर क्लिक करोगे आप खुद लाइव आओगे तो भी आपको कॉइन मिलेंगे आप जितनी देर लाइव आओगे और दूसरों को गेम खिलाओगे तो आपको कॉइन मिलेंगे ओके दोस्तों फिर यहाँ रेडीएम का है यहाँ पर क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये रेडीएम का दिया और डेली अगर डेली इस एप्लीकेशन आप लॉग होते हो तो आपको रोज कॉइन मिलेंगे आज कभी सौ कभी दो सौ कभी तीन सौ कभी चार सौ ओके दोस्तों ऐसे पाँच दिन चलेगा ये वीडियो का यहाँ पर क्लिक करूंगा क्लिक करने के बाद दोस्तों मिनिमम इस एप्लीकेशन का वीडियो दस रुपये जैसे कि दोस्तों जैसे मेरे पास अभी चार रुपए जैसे मेरे पास दस रुपये होंगे आप दस जैसे मेरे पास दस रुपये होंगे मैं दस का वीडियो लगा लगा दूँगा अगर दोस्तों आप मेरी रेफर लिंक से ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आपको छः सौ छः फ्री में मिल जाएंगे ओके दोस्तों सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है रेफर इनका अगर आप अपने एक फ्रेंड को रेफर करते हो तो आपको सात रुपये मिलता है सात रुपये फिर आप थोड़, थोड़ा और इस एप्लीकेशन को यूज़ करो ऐसा करके दस रुपये होंगे आप दस रुपये का विड्रो लगा सकते हो आप चाहे तो उससे ज़्यादा भी लगा सकते होके दोस्तों वो आपकी मर्जी है सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है रेफर इनका आप जितने ज़्यादा रेफर करोगे उतने ज़्यादा आपको कोइन मिलेंगे फिर आप उन कोइन को पैसे में विड्रो कर सकते होके दोस्तों और दोस्तों और दोस्तों ये पेटीएम का एक और गिव्य चल रहा है आप यहाँ पर क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन को चार से पाँच दिन चलाते हो और यूज़ करते हो तो आपको दो हज़ार बीस कोइन मिलेंगे बीस हज़ार कोइन के आपको सौ रुपये भी मिल सकते हैं जब पाँच सौ रुपये भी मिल सकते हैं वो आपके ऊपर है आपको कितने मिलते होके दोस्तों यहाँ पर और भी प्रोडक्ट्स है आप उन्हें भी ले सकते हैं खरीद भी सकते हो ओके दोस्तों यहाँ से कोई गेम भी खेल सकते हो आप गेम के बारे में मैंने आपको बता दिया है ये देखिए दोस्तों ये इतने लोगों ने गेम खिलाया है और इनको पैसे मिले जैसे कि दोस्तों ये ये सबसे फर्स्ट नंबर लड़की लड़की है एसएम इसने सत्ताँ ला, सत्ताँ ला, इसने इस लड़की ने सत्ता लाख पचपन हजार दो सौ कौन भेड़े तो आप इसको पाँच सौ रुपए मिल के सबसे फर्स्ट पर ये चलिए दोस्तों ऐसा करके अगर आप लाइव आते हो और आप किसी को गेम खिलाते हो वहां पर वहां पर बोझ जैसे कि दोस्तों आप लाइव आते हो लाइव आने के बाद आप गेम खिलाते हो गेम खेलने के बाद जितनी देर आप खेलते खिलाते हो दूसरों को गेम और जितनी देर आप गेम खिलाते हो आपको को कोई मिलेंगे ओके दोस्तों उन कोइन को फिर आप पैसे में विड्रो कर सकते हो ओके दोस्तों आपको पता चल गया इस अप्लीकेशन से कोइन कैसे कमाए और उन कोइन को विड्रो कैसे कराए दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको वापिस बता देता हूँ देखिये दोस्तों ये लाइव आ रहा है ना आप इन पर किसी पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद आप जितनी देर ये लाइव देखोगे आपको उतने कॉइन मिलेंगे ओके दोस्तों ओके दोस्तों मैं करके बता नहीं सकता अभी ओके दोस्तों आप कोई भी लाइव देखोगे आपको कॉइन मिलेंगे अगर आप लाइव आते हो तो भी आपको कॉइन मिलेंगे आप किसी को गेम खिलाते हो लाइव तो अगर आप किसी को गेम खिलवाते हो अगर आप किसी को गेम खिलवाते हो लाइव तो भी आपको कौन मिलेंगे कॉइन वो भी नहीं कॉन आपको 20000 या 30000 कितने भी मिल सकते हैं ओके दोस्तों यहाँ से मैंने बहुत सारा पैसा कमाया है बहुत अच्छी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है अभी न्यू न्यू एप्लीकेशन आई है आप इस एप्लीकेशन को अभी जितना चाहे लूट सकते हैं लूट ले बाद में आपको पता है एप्लीकेशनों में प्रॉब्लम आती है अभी आप इस इस एप्लीकेशन में इस एप्लीकेशन को जितना अच्छा चाहे लूट सकते हैं लूट लो ओके दोस्तों अब मैंने अब आपको बताया होगा इस एप्लीकेशन से पैसे कैसे कमाए और इन पैसे कमाए कमाएगा विड्रो कैसे ओके दोस्तों अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कराए चैनल को सब्सक्राइब करा और बेललाइकन को दबा देते हैं गुड बाय सी यू